To तो कैसे यहाँ आप लोग से फोटो बैग्राउंड कलर कैसे चेंज करें चलो वीडियो कलार्ट चैनल में लाइक कर देना वीडियो को अंदर शेयर पे क्लिक करेंगे ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से, से कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से इस वाले कलर को कलर रिप्लेस को क्लिक करेंगे इसको ग्रीन की यहाँ लगा देंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर लेना हमें ठीक लग रहा मैं यहाँ से कर देंगे सही के निशान में क्लिक अब यहाँ से टूल वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से एडजस्टमेंट में क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट क्लिक करने के बाद सिचुएसन में क्लिक करेंगे सिचुएसन को फुल कर देंगे और क्लरिटी को क्लरिटी में क्लिक करेंगे कलरिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे अब यहां से इरेजर में क्लिक करेंगे इरेजर में क्लिक करने के बाद यहां से बैकग्राउंड वाले में क्लिक कर देंगे थोड़ा लोडिंग रहेगा अब यहां से सही के निशान में क्लिक कर देंगे यहाँ से फिर सही के निशान में क्लिक कर देंगे सहीक निशान में क्लिक करने के बाद यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे अब यहाँ से बिलर को बिलर में क्लिक करेंगे बिलर में क्लिक करने के बाद यहाँ से लेंस बिलर में क्लिक करेंगे यस आप अपने हिसाब से बिलर को लेना अब यहाँ से वाली में ऑप्शन में क्लिक करेंगे अब यहाँ से बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे पूरा थोड़ा लोडेंगेगा देखिए बिलर हो चुका है आप सही के निशान में क्लिक कर को सही के निशान में क्लिक नहीं करेंगे अब इरेजर में क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ इरेजर नहीं होगा वहाँ वहाँ इरेजर कर कर देना सही निशान में क्लिक कर देंगे फिर सही निशान में क्लिक कर देंगे यहाँ से ऊपर की ओर करेंगे ऊपर ड्रॉप पे क्लिक करेंगे ड्रा में क्लिक करने के बाद फिर ड्रॉ में क्लिक करेंगे ड्रा में क्लिक करने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे जाएंगे फिर यहाँ इमेज में क्लिक कर देंगे फोटो सेव हो चुका है